हेलो गाइड तो स्वागत धमाकेदार वीडियो में और लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कावाकी ने अपने कारमा को रिस्टोर कर लिया है और, वो इशीकी की तरह दिख रहा होता है और ये सब देख कर को समझ नहीं आता की कावाकी कारमा को यूज कैसे कर पा रहा है तो आईडा उसे समझाती है की ये अमांडो ने कराए और उसने कभी कावाकी को चौस दी ही नहीं थी जब उसने राइट आर्म चेंज करा तभी उसने कारमा को रिस्टोर कर लिया था और फिर बोरो बोलता है यूज ये पॉसिबल नहीं होता कारमा को खोने के बाद उसे रिमैनिफेस्ट कर लिया जाए क्या ये अमाडो का करा हुआ है इसके पीछे उसकी क्या प्लानिंग है तुम सच में मोर खो कावाकी बस अपने आप को यूज होने देते हो और ये सब सुनते ही कावाकी की पे अटैक करने लगता है और ये अटैक वही होते हैं जो कि इशिकी की औुस्तुकी को हमने नरोटो वर्सेस उसके बैटल में करते हुए देखा था जैसे कि डिस्ट्रप्शन क्यूब और चक्रा रॉड तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया होगा तो इन अटैकों को यूज करता देख कोर्ट कहता है क्या अमांडो इसे सेकंड इसी बनाना चाहता था और फिर नरोटो कावाकी से कहता है की तुम क्या करने की सोच रहे हो तो कावाकी कहता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं वो सब कुछ करूंगा जो मुझे करना पड़ेगा और फिर बोरो की राशिम गांस अटैक कर देता है बट कावाकी इजिली अब्जोर्व कर लेता है और फिर हमें कावाकी बोरुशी की फाइट देखने को मिलती है। और इस फाइट के दौरान हमें बोरूटो की दूसरी आँखती हुई नजर आती है और इसी डिस्ट्रेक्शन की वजह से कावाकी के चक्रा रॉड उसे हिट कर देते हैं और फिर वो डिस्ट्रप्शन के नीचे भी आने वाला होता है बट नरूटो उसे सेव कर लेता है और वो कावाकी से पूछता है क्या तुम इसे मारने की सोच रहे हो तो कावाकी कहते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है मैं बस वही कर रहा हूं जो करने की जरूरत है अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये हमें मार देगा तो नरोटो कहता है पागल मत बनो ये मेरा बेटा है तो कावाकी कहता है ये सच है पर ये एक डीमन भी है जो आपको मारना चाहता है आपके पास इसे मारने की हिम्मत नहीं है इसलिए मैं आपका काम कर रहा हूं। मेरे रास्ते ऐसी हट जाओ और ये सब सुनकर बोरूटो उड़ जाता है और वो कहता है कि की अमाडो की मेडिसिन ने काम करा बट वो सिर्फ टेम्परेरी था ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और उसे रियलाइज होता है कि वो अपने डेड को मारने वाला था तो कावाकी कहता है क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था तो हमें पुरानी मेमोरीज दिखाई जाती है जब वो बोरुटो को बता रहा होता है कि अगर मोमोशी ने तुम पे कंट्रोल कर लिया तो मैं तुम्हें रोकूंगा और फिर बोरुटो कहता है अब मैं समझ गया हूँ अब हमें अपने लास्ट प्लान को ही पूरा करना होगा और फिर नरोटो कहता है की तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो कुछ भी उल्टा सीधा करने की मत सोचो बोरूटो कहता है सोरी डेड हिमा और मोम का ध्यान रखना और वो विंड स्टाइल केल पम्प जुटसू ऐसी नरुटो को अपने से दूर कर लेता है और कावाकी कहता है मैं रेडी क्या तुम रेडी हो तो बोरूटो कहता है तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ मार दो मुझे और वो बोरुटो को मार देता है और नरोटो चिल्ला रहा होता है और एपिसोड हो जाता है खत्म अगर मैं अपना ओपिनियन दू तो एपिसोड की जो स्टोरी रही वो वन ऑफ दी बेस्ट स्टोरी थी और फिर भी एपिसोड का एनिमेशन बहुत ज्यादा ही डाउन था तो इस वीडियो में इतना ही नया कम्युनिटी पोस्ट आ चुका है नई वीडियो कौन सी होने वाली है वो आप पे डिपेंड करता है तो जल्दी से जाके वहाँ पर आंसर करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए थैंक यू